हेलो दोस्तों स्वागत है आपका टेक दुनिया में तो आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसे प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग करने वाला हूं जो आपकी डे टू डे लाइफ में बहुत काम आने वाली है तो दोस्तों ये है वो प्रोडक्ट अगारो सोनिक टुब्रस दोस्तों ये कोई आम ब्रश नहीं है ये है इलेक्ट्रॉनिक टुब्रश और दोस्तों ये ब्रश साइंटिफिकली प्रूवन है एक तो इस ब्रश के इस्तेमाल करने से आपके दांत अच्छे से क्लीन होते हैं और साथ ही साथ दांतों के काफ़ी सारे प्रॉब्लम से छुटकारा भी मिल जाता है तो इस वीडियो में हम इस ब्रश की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और रिव्यू भी देने वाले हैं और इसमें हम ये भी बताएंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और करते हैं अनबॉक्सिंग तो इसका बॉक्स कुछ इस तरह का दिखता है बॉक्स के ऊपर इसकी ब्रांडिंग है यह आता है अगारो कंपनी की तरफ से अगारो सोनिक इलेक्ट्रिक टूथ तो इसके बॉक्स के ऊपर कुछ फीचर्स लिस्ट किए गए हैं जैसे जैसे कि यह टूथब्रश ब्रश वाटरप्रूफ है मान लो आप यह टूथब्रश यूज़ कर रहे हैं और ये गलती से पानी में गिर जाए तो इसको ख़राब होने का डर नहीं है और दूसरा फीचर है कि ये रिचार्जेबल है जिससे कि आपको बार बार बैटरी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और दोस्तों इस ब्रश के साथ वन ईयर की वारंटी भी मिलती है और यहाँ बॉक्स के नीचे सिक्स क्लीन मोड्स दिए गए हैं इसे हाई इंटेंसिटी मीडियम इंटेंसिटी लो इंटेंसिटी और गम केयर सेंसिटिव केयर डीप केयर और इसकी बैक साइड देखें तो इसमें सोनिक टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है जो कि 38,500 स्ट्रोक्स प्रोड्यूस करती है पर मिनट में और दोस्तों हम अगर बात करें हाथ से ब्रश करने की तो हम अगर हाथ से ब्रश करते हैं तो उसमें हमें 250 से 300 स्ट्रोक्स ही मिल पाते हैं पर मिनट लेकिन इस ब्रश में आपको अड़तीस हजार मिल रहे हैं पर मिनट तो इलेक्ट्रिक ब्रश दांतों को काफ़ी फास्ट फिलिन करेगा चलिए बॉक्स को ओपन करते हैं तो ये हमने कर दिया बॉक्स ओपन व तो दोस्तों देख सकते हैं आप ये है सभी औजार तो सबसे काम की चीज़ जो है वो ये है इसके बिना ये सभी बेकार है तो ये मिल जाता है मोटर इसको लगाने के लिए इसमें ये सभी हेड्स हैं ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसको फाना था इसमें चार हेड्स हैं चार में से तो तीन सेम लग रहे हैं बाकी एक डिफरेंट है ये जैसे दांतों के बीच में अगर कुछ फंसा हुआ हो तो उसको क्लीन करने के लिए ये है तो इसको भी रखते हैं साइड में इसके साथ चार्जिंग केवल आता है टाइप मिनी बी चार्जिंग टाइप मिनी बी है इसके साथ आता है एक कैप जिसको ब्रस को इस्तेमाल करने के बाद इसमें घुसेर के आप रख सकते हैं और देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है एक वारंटी कार्ड है वारंटी क्लेम करने के लिए आपको 30 दिन के अंदर इसके वेबसाइट में जाके रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा या आप वेबसाइट टाइप नहीं करना चाहते हैं तो आप इस क्यू कोड को स्कैन करके डायरेक्ट इनके वेबसाइट पर जा सकते हैं डिटेल्स फिल करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं उसके बाद आ जाता है ये यूज़र मेनअल इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है कि आपको कैसे इसका यूज़ करना है क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है और इसमें भी वारंटी कार्ड दे दिया गया है इसमें भी आप सारा कुछ लिख सकते हैं अपना कब ख़रीदा था वारंटी वैलिड कब तक है ये सभी नाम एड्रेस कॉन्टैक्ट नंबर इसके बाद चलिए हम ट्राई करके देखते हैं कि कैसे चलता है ये तो ये है हमारा मोटर सब तो इसी में है सिर्फ इसका हेड लगाना पड़ता है अलग से सेपरेट तो चलिए हम इसको लगा के देख चलिए लगाते हैं हम इसको इसको लगाने के लिए इसमें हेरो बने हुए हैं पहले से जिस के हिसाब से हमें लगाना है थोड़ा सा प्रेस करेंगे उसके बाद राइट टर्न करेंगे ये लग गया हमारा आसानी से चलिए हम इसको चला के देखते हैं ये भाई चल रहा है भाई चल रहा है मज़ा आ रहा भाई गुदगुदी सी हो रही है इसका साउंड सुन सकते हो आप दोस्तों इसमें एक ये फीचर तो इसके कंपनी का दावा है कि आपके दो आपके दांतों को दो मिनट में ये क्लीन कर देगा दोस्तों इन्होंने गाइड में भी दिखा दिया है कि अगर आप अपने दांतों को चार हिस्सों में बांट देंगे ऊपर का दो हिस्सा नीचे का दो हिस्सा एक साइड आप अगर इसको, इसको 30 सेकंड तक स्टार्ट करके रखेंगे तो 30 सेकंड के बाद एक सेकंड का पोज लेगा इंटरवल रिमाइंडर देगा ताकि आप हटा के उसको दूसरी साइड लगा दें फिर वो 30 सेकंड चलेगा उसके बाद एक सेकंड का इंटरवल टाइम देगा फिर आप हटा के उसको निचले हिस्से एक साइड लगा सकते हैं फिर वो थर्टी सेकेंड चलेगा उसके बाद वन सेकेंड का इंटरवल टाइम देगा फिर आप हटा के चौथे साइड में लगा सकते हैं उसके बाद दो मिनट पूरा होने के बाद बंद हो जाएगा दो मिनट पूरा होते ही आपके दांत हो जाएंगे भैया मोतियों की तरह तो दोस्तों करते हैं इसकी चार्जिंग की बात आपको सारे तीन घंटा चार्ज करना पड़ेगा चार्ज करने के लिए आपको इधर पीछे है इसका जैक टाइप मिनी बी इसके साथ केबल दिया हुआ है इसी को लगा के आप चार्ज कर सकते हैं चाहे तो मोबाइल के चार्जर में लगा के चार्ज कर सकते हैं या पावर बैंक, बैंक में लगा के पावर बैंक में लगा के चार्ज कर सकते हैं या आप अपने मोबाइल से भी चार्ज कर सकते हैं मोबाइल से चार्ज करने के लिए आपको ओटीजी लगाना पड़ेगा ओटीजी लगाने के बाद ये चार्ज होगी और साढ़े घंटे में फुल होने के बाद रोज़ दो टाइम यूज़ करते हैं जैसे दो मिनट करके चार मिनट तो बीस दिन चलेंगे भैया ध्यान रहे चार्ज करते दौरान आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है दोस्तों अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो ये तो ये 800 में मिला है मुझे मैंने मंगवाया था इसको अमेजोन से आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है आप वहाँ से जाके ऑर्डर कर सकते हैं तो दोस्तों कुल मिला के मुझे बढ़िया लगा दोस्तों अगर फ़ाइनल बात करूँ प्रोडक्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा ब्रस वैसे है बहुत काम की